शिवराज सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में चुनावी बजट पेश किया ये बजट तीन लाख चौदह हजार पच्चीस करोड़ रुपए का है जिसमें महिलाओं से लेकर किसानों तक का ख्याल रखा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कल्याणकारी तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे सत्यानाशी बजट बताया शिवराज सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया बजट चुनावी है इसलिए लोक लुभावन भी है हालांकि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसे सत्यानाशी बजट की संज्ञा दी है बजट में लाडली बहना योजना के लिए आठ हज़ार करोड़ रुपए रखे गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण योजना चुनाव से पहले मानी जा रही है प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ महिलाओं के स्वरोजगार को एक हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अन्य योजनाओं को लेके भी इसमें काफ़ी कुछ ऐसा किया गया है जो अब से पहले बजट में देखने को नहीं मिला साथ ही नगरीय निकायों को आठ करोड़ रुपये प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए छप्पन करोड़ रुपए, कृषि संबंधित योजनाओं के लिए तिरपन करोड़ रुपए सहित अन्य कई योजनाओं के प्रावधान किए गए हैं। कुल मिला बजट महिलाओं और किसानों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है शुरुआत करेंगे अब इससे बड़ा कोई महिला सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं हो सकता कि उनके खाते में एक हजार रुपये हर माह जमा होंगे यह सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा उदाहरण है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 चौबीस के बजट के बारे में कहा की ये बजट अद्भुत और अतुलनीय बजट है ये जनता का बजट है इसके लिए जनता से भी सुझाव लिए गए थे ये बहुत ही संतुलित है महिलाओं के कल्याण के लिए एक लाख दो हज़ार नौ सौ छिहत्तर करोड़ का प्रावधान किया गया है एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी बारहवीं में टॉप करने वाली छात्राओं को स्कूटी मिलेगी किसानों के लिए त्रेपन्न हज़ार दो सौ चौंसठ करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा जनजाति कल्याण के लिए छत्तीस करोड़ रुपये का प्रावधान है शिक्षा पर अड़तीस करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के लिए अड़तीस करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है समाज के कल्याण को इस बजट में ध्यान में रखा गया है 500 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी प्रदेश को बनना है साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की दुकान है कांग्रेस में आज इतना दम नहीं था वो इतने अच्छे बजट को ढंग से सुन पाती और इसलिए हाउस में भी चिल्लाओ सुनने मत दो जनता भी ना सुन ले मैंने आग्रह किया सार्वजनिक रूप से खड़े रहकर मीडिया भी गवाह है कि कम से कम बजट भाषण तो जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो तो। लोकतंत्र की परंपरा है आप अपना जब बजट पर चर्चा होती है। जो कहना होता कहते है। लेकिन ना कोई अनुशासन है ना ने पर कहा कि ये राम राज की कल्पना को साकार करने वाला बजट है इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है होली के त्योहार पर प्रदेश की दिवाली मन रही है वही कांग्रेस पर बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि उन्होंने दस दिन में कर्ज माफ करने का वादा किया था वो वादा पूरा क्यों नहीं किया गया कमलनाथ जी हाडी बार बार नहीं करती और ये जो है आपने जो झूठ बोला है पहले ये स्पष्ट करो कि पिछली बार जो 2 लाख रुपया 10 दिन में कर्जा माफ करने का कहा था वो क्यों नहीं कर पाए ये प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है चार हजार का बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था क्यों नहीं दिया? अभी एक नया झूठ और इसलिए के के कमलनाथ ने कहा की ये कर्ज कमीशन और सत्यानाशी का बजट है इनके पिछले बजट में केवल पचपन प्रतिशत का वितरण हुआ इस साल एक करोड़ लोग बेरोजगार है ये बजट केवल एक फॉर्मलिटी है वही तरुण भर जो पूर्व वित्त मंत्री है कमलनाथ की सरकार में वित्त मंत्री रहे उनका कहना है कि इस बजट पर हम होली के बाद सदन के अंदर चर्चा करेंगे ये घाटी का बजट है गैस और बिजली के बिल सस्ते नहीं हुए हैं ये चौपट राजा चौपट सरकार का चौपट बजट है चौपट राजा और चौपट सरकार चौपट राजा और चौपट सरकार जिसने उन्नीस वर्षों में मध्य प्रदेश को कर दिया और किसी को राहत नहीं दी हम इस बजट का विरोध करते हैं कार से तत्काल मांग करते हैं कि जब चर्चा पुनः शुरू हो सदन में तो सबसे पहले सरकार ये कहती है केंद्र सरकार ने मोदी जी ने सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया पर आपके पास अधिकार है मैं अभी वित्त मंत्री इस प्रदेश में रहा हूँ आप वैट कम कर सकते हैं और हम जनता को राहत दे सकते हैं सब कुछ प्रस्तावित है सब प्रावधान है पर अगर हम पिछले साल का बजट देखे पिछले साल का बजट देखे उसमें भी जो प्रस्तावित तो और प्रावधान थे उसमें से केवल 55 प्रतिशत का वितरण हुआ तो ये पिछले साल की बजट्स की ये तुलना कर दें और ये बजट तो केवल तीन महीने का है केवल चुनावी घोषणा गुमराह और कलाकारी का बजट है स्कूलों में शिक्षक नहीं अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और ये बजट केवल